जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी कि आप झार सेवा का अपना कास्ट आईडी या रेसिडेंट आईडी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे वो आप इस वीडियो के माध्यम से कर पाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा था कि हम मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिस वजह से आपका उसका सारा काम आपका उसी से हो जाएगा लेकिन आप लोग डिश डिगर को सिर्फ मोबाइल में यूज़ कर रहे थे इसी वजह से आपका नहीं हो पा रहा था मैं सिंपल से वर्ड में बता दे रहा हूँ कि अगर आपको जब भी अगर यूज़ करना है आपको डिस डिसकर ठीक है डिज लॉकर आपको डीजी लौ, लॉकर सॉरी डीजी लॉकर अगर आपको यूज करना है तो आप सिर्फ ऐसे सिर्फ तो अपना लैपटॉप ही या कंप्यूटर ही में कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट जो है तुरंत मिल जाएगा क्योंकि मोबाइल का वर्जन में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है इस वजह से तो चलिए शुरू करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ गूगल पे आके डिजी लॉकर दिखना है उसके बाद ये रहा फर्स्ट फर्स्ट वाला वेबसाइट रहा आपका ये हो गया डिजी लॉकर इसके अंदर जाइए थोड़ा लगता है मेरा नेट स्लो चल रहा है तो ये आ गए हम लोग फ्रंट पेज पे कुछ ऐसा दिखेगा आपको डीजी लॉकर सिंपली आपको अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कीजिएगा अगर नहीं बना तो सेम आउट तो मेरा तो बना हुआ है तो साइन इन करता हूँ मैं यहाँ आपको आधार आधार या मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो डालना है और यहाँ आपका अपना सिक्स डिजिट पिन डालना है तो चलिए मैं अपना आधार डाल लेता हूं मैं अपना मोबाइल नंबर ये अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना देन यहां पे आपने जो भी क्रिएट किया उसे डिजिट पासवर्ड वो वो डालना और साइन इन करना आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा जो वेरिफिकेशन के लिए होता तो आप उसके कर लेंगे वो मैं आपको बार बार, बार बता देना चाह रहा हूँ डिजीलॉकर अगर आप डाउनलोड कर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए कर रहे तो कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर ही में ये वर्क करेगा ऐसे मोबाइल में बहुत प्रॉब्लम हो रहा और हो, हो ही नहीं पा रहा मैं भी परेशान हो गया था फिर मैंने यहां से अपना लैपटॉप से अपने डीजी लॉकर से डाउनलोड कर पाया तो आपको सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट में आना है सर्च डॉक्यूमेंट में आपको आने के बाद आपको अपना जो भी राज्य है वो चुन लेना है तो मेरा मैं झारखण्ड से हूँ तो झारखंड तो का चुन लूंगा ये रहा झारखंड। आपको जो भी सर्टिफिकेट डाउनलोड मुझे तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड करना तो बस सिंपली इसमें जाना है अब देखिए मेन चीज यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन आई रेफ, एप्लीकेशन रेफर रेफरेंस नंबर डालना है तो चलिए मैं डाल देता हूं अपना रेफरेंस नंबर देन यहां पे अब सिंपल सी बात है देन यहां पे आपको क्या करना है तो यहाँ पे सिंपली से आपको टोकन नंबर मिला होगा टोकन नंबर देते तो ठीक है ना तो फिर आप डेट ऑफ इशू भी डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि आपको टोकन नंबर यहाँ डालना टोकन नंबर आपको कैसे मिल जाएगा जैसे कि अगर आपने पहले से अगर ये करके रखा हो मैंने तो किया भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए तो टोकन नंबर जैसे अगर आपने बनवाया और वो आपके पास है सिर्फ तो नीचे में एकदम जाइए देखिए यहाँ पर टोकन नंबर आप जब बनवाने जाइएगा आपको टोकन नंबर दिया जाता है देखिए। तो ये रहा ये रहा सिर्फ आपका टोकन नंबर ये सिर्फ यही आपका जो इतना आता है ये आपका टोकन नंबर हो गया तो सिंपली आपको सिंपली आपको टोकन नंबर सिर्फ जुगाड़ करना अगर टोकन नंबर आपको कहीं से प्राप्त हो गया तो सिंपली बहुत सिंपल तरीके से आप अपने घर बैठे ही डाउनलोड कर पाएंगे सिंपली से आप, आप मैं आ जाता हूँ यहाँ पे तो आप अपना यहाँ एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी डाल दीजिए उसके बाद आपको डालना है टोकन नंबर जिस तरह का से मैं बता दे रहा हूँ आपको तो मेरा टोकन नंबर ये, ये रहा फोर डबल टू Document करना आपको गेट डॉक्यूमेंट uh, करना और योर सबमिटर बट आपको तीन चार बार इस पे क्लिक करते रहना क्लिक करते रहना और थोड़ी देर वेट करना सिंपली रिक्वेस्ट पेंडिंग में चला गया आपका थोड़ा देरी एकदम यहीं पे एकदम इसको टैप करते ही रहना क्योंकि थोड़ा सा बिजी चलता है इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन इस काम करने से आपका हंड्रेड परसेंट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डाउनलोड हो जाएगा आपका आईडी क्योंकि मैंने भी बहुत परेशान हुआ था बहुत परेशान होने के बाद फिलहाल फर्स्ट मैंने ये एक अप्लाई किया उसके बाद क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जिस तरीक़े से मतलब हो ही नहीं पाता है बहुत कोशिश करने के बाद फ़िलहाल मैंने ये वीडियो ला तो देखिए सिंपल से यह, यहाँ आप डेट ऑफ इशू भी डाल सकते हैं लेकिन कोशिश कोशिश करिए करिए कि कि टोकन कि टोकन टोकन नंबर नंबर नंबर डालिए डालने का से आपका तुरंत हो जाता है आप यहां वैसे तो इशू डेट भी डाल सकते हैं बट टोकन नंबर ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वजह से देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ देखिए इशू डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड करके रखा था बट देख लीजिए मेरा यहाँ डाउनलोड हो गया क्योंकि मोबाइल में मोबाइल में वर्क ये नहीं करता है आपको कभी भी इस्तेमाल करना होगा तो सिंपली आपको लैपटॉप या कंप्यूटर ही में डीजी लॉकर की साइट पे जाके ये करना है वैसे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको लैपटॉप आप या कंप्यूटर ही से ओपन करना है थैंक यू और जैसा रहा तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए मैं इसी तरह आपकी हर ज़रूरत की वीडियो लाता रहूँगा थैंक यू